तो हमने डिसाइड किया पहले हैं। हैं। हम तुझे दो तीन महीने के ट्रायल पे रखेंगे क्या यार। फिर डिसाइड करेंगे कि तुझे रखना है या नहीं रखना है। और अभी तो रुको दो तीन महीने का ट्रायल हाँ तो पिछले वाले का ट्रायल तो छह महीने तक चला था हरामी बेटा जी कोई ना पैसा पूछा दस दिए पूछा तो पैसे लगता है पूछा क्या होता है पैसा पूसी क्यों नहीं दादागिरी करेगा तेरी माँ चुप मेरे साथ दादागिरी करेगा मैडम जी आप कुछ लगा दीजिए आया ना खुल के अब तीन महीने के ट्रायल के बाद हम डिसाइड करेंगे तुझे कितना पैसा मिलेगा और कितनी पूसी?